तो ये और तो तो और आ ठीक है दो और ना तो है जिले में बहुत बढ़िया मिंद्र है अभी लोग दर्शन करने जाओ बढ़िया बढ़िया माता जी दर्शन भी, भी इतना टॉप हुआ भी मौका मिले आ, तो भी माता जी जा रहे थे बढ़िया बढ़िया तो मिंद्र है खुद हो गए थे वीडियो और वोट तो तो भी गए ब्लॉक भैया जीत तो मैंने भेदकर हो जानी हां दिन पड़ रहा हूं अब कॉल नहीं है फिर भी धीरे-सान लादी ऐसे स्टेज में हमारे दो साल हो जान बाप जान का बाप सुपुत मना मरिया सुबह से कचरा खगादी 3:00 तक लागे सब तो पूरी जल्दी है आज इतने जरा लोग और आदमी और कौन आता है अरे जीदा मार दे जाओ हाथ उठ में ले और ले लिए वो हाथ है देखो मैं नाक से ले लिए तनपू तो मना जीवो तो पाके कचरे से काम तो मजा तो कौन रहा काम मजा तो कौन तो रहा ऐसा तो और और और है हाथ क्या को रात में में में कोई नहीं बात करी बैठ बैठ आई घर का समाचार भूखम पा हो गया क्यों मैं मैं तो तो तो खेत शाम बैठो न्याल पच समझ थारियां धरती की चक्कर चक्कर गया क्यों ना मैं एकर नाड़े तो धरती